नमस्कार दोस्तों एक व्यक्ति का सपना होता है एक अच्छी कार खरीदने का और वह अपनी जमा पूंजी लगाकर महंगी कार खरीद लेता है और एक व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी से खरीदी गई कार अगर सुरक्षित ना हो तो उसकी सेफ्टी रेटिंग अच्छी ना हो तो वह व्यक्ति कार खरीदने में हिचकिच जाता है आज हम एक ऐसे ही वीडियो की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है जिसमे की टक्कर महिंद्रा ऐसी ही हो गयी महिंद्रा की न्यू एक्स यू अपने साइड ऐसी जा रही थी वही तेज रफ्तार महिंद्रा ही बोलोरो पिकअप ऐसी जोरदार टक्कर हो जाती है जिसमें पिकअप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि पिकअप में आगे पंपर लगा होता है जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता वहीं एस यू सेवन हंड्रेड के आगे का भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है जो कह सकते हैं कि यह एक तगड़ा नुकसान है वहीं इस एक्सीडेंट ऐसी दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों को मामूली चोट आती है और वही यह टक्कर फाइव स्टार रेटिंग एस की मजबूती का पता चला बाकाई में एक्स यू एक मजबूती एस अगर इसकी जगह कोई अन्य एस होती तो आज वह कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती मगर Mahindra एस यू डी एक मजबूत एस साबित हुई है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर कर दे